हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास की सिमलरिटी सिमलरिटी की जो इंट्रोडक्शन है उसको समझेंगे लेकिन सिमिलरिटी को समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है तो जो कॉन्ग्रुएंसी है ये हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ी हुई है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है इफ़ टू ट्रैंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस यदि टू ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो नंबर वन क्या होगा यदि कॉन्ग्रुवेंट हैं तो क्या होगा कि दे आर करस्पॉन्डिंग आर इक्वल जो करस्पॉन्डिंग साइट्स हैं वो इक्वल होंगे और दे आर करस्पिंग एंगल्स आर और इक्वल और इनके करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है जैसे एक ट्रेंगल ये है हमारा दूसरा ट्रेंगल ये है ओके ये दोनों ही ट्रेंगल हमारे कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट हैं इसका नाम दे दो एबीसी इस वाले ट्रैंगल का नाम दे दो पी यदि हमारे ट्रैंगल ए एंड पी क्यू हैं तो क्या होगा तो यदि इसका हम नाम दे दें दे, ट्रेंगल ए बी सी और कॉन्ग्रोएट है किसके ट्राइंगल पी क्यू आर के यदि इसका यह नाम हमने दिया इसका ए बी सी माना है इसको पी क्यू आर माना है दोनों को कांग्रोएंट माना है तो क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहती है कि दे आर साइड्स आर इक्वल इनकी करस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगे तो करस्पोंडिंग साइड्स में आएगा ए इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी जो ए है वो पी के इक्वल होगा एंड साइड बी इक्वल टू क्यू और जो साइड BC है वो हमारा किसके क्वाल होगा क्यू के ये BC माने इन ये दोनों इन दोनों के QR के इक्वल होंगे और AB PQ के क्वल होंगे अब इन दोनों को ले लेते हैं A और C तो साइड जो AC है वो हमारी किसके क्वाल होगी साइड पी के ओके तो ये साइड एक कब होंगे जब हमारे ट्रैंगल कॉन्ग्रुवेंट हैं और साथ साथ में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इनको कहते हैं करस्पोंडिंग साइड इन नाम से जो हमने साइड लिखी है वो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या लगती है ए बी के करस्पॉन्ड है पी क्यू इसी तरह से करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं करस्पोंडिंग एंगल में क्या आएगा इससे देखो एंगल ए एंगल ए के करस्पॉन्डिंग है एंगल पी तो एंगल ए और एंगल पी हमारे इक्वल होंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी फिर सेकेंड एंगल एंगल बी एंगल जो वी है ये किसके कल होगा एंगल क्यू के कॉल होगा इसके कॉल होगा तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड जो थर्ड है सी ये वाला एंगल आर के कॉल होगा तो एंगल सीज इक्वल टू एंगल और यही हमारी डेफिनेशन कहती है कि किस टू ट्रेंगल हमारे कांग्रोट हैं जैसे इनका नाम मान लिया एबीसी और पीक्यूआर और ये क्यू हैं, तो एबीसी एंड पीक्यूआर, तो क्या होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस ए बी पी के करस्पॉन्ड है बी सी क्यू के करस्पॉन्ड है ए सी पी आर के करस्पॉन्ड है यदि हम इसका नाम सी करेंगे तो यहां पर आर हो जाएगा आर के करस्पॉन्ड होगा ओके okay, तो ये तो हो गया हमारा क्या कॉन्ग्नुए हाँ अगर अग, अग, इसमें एक चीज़ और समझ लो ये कि यदि हम इनका नाम चेंज कर देते हैं जैसे ये ट्रेंगल एबीसी है ये हमारा क्या है एबीसी लेकिन ये ट्रेंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएट तो है लेकिन किसके कांग्रुएंट है ट्रेंगल पीक्यूआर के ही कॉन्ग्रुएट है लेकिन इसका हम नाम थोड़ा सा बदल देते हैं और पी की जगह कर देते हैं क्यू क्या लिख देते हैं क्यू पी आर तो इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि आपकी जो ए बी साइड है वो आपकी क्यूपी साइड के इक्वल है बी सी जो साइड है वो आपकी पी आर साइड के इक्वल है और जो ए सी साइड है वो आपकी क्यू आर जो ए सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल है ये हो गई आपकी करस्पोंडिंग साइड इनको कहते हैं करस्पोंडिंग साइड यदि नाम ए बी सी पी क्यू बी है तो ए बी पी क्यू के करस्पॉन्ड होगा जो ए बी है वो पी क्यू के करस्पॉन्ड होगा लेकिन यदि हम इसका ए बी सी लिखें या इसका नाम यदि हम थोड़ा सा मूव करते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पी क्यू आर की जगह यदि हम क्यू पी आर कर देते हैं तो यहाँ जो ए बी पी क्यू के इक्वल था जो ए बी पी क्यू के इक्वल था वो ए बी पी क्यू की जगह क्यू पी के इक्वल हो जाएगा बी सी क्यू आर के इक्वल था बी सी किसके इक्वल था बी हमारा क्यू के इक्वल था और यहाँ पर बी सी के इक्वल हो गया ओके और जो क्यू है उसके इक्वल क्या हो गया हमारा ए हो गया समझ में आया ओके okay, तो इस तरह से यदि इनके जो नाम हैं, वो चेंज होते हैं तो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड भी चेंज हो जाती हैं और करस्पोंडिंग एंगल भी चेंज हो जाएंगे अभी यहां पर यदि हम एंगलों की बात करें तो एंगल ए हमारा एंगल क्यूकेक्ल होगा एंगल बी हमारा एंगल पी के एक्वल होगा एंड एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल होगा ये इस तरह से ये तीनों हमारे करस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये करस्पोंडिंग साइड्स हैं यदि हमारे टू ट्राएंगल कॉन्ग्रुएट होते हैं तो उनकी तीनों साइडें इक्वल सॉरी करस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं और करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और अब ये होता कब है जब हमारे ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम ऐसा कह सकते हैं कि तीनों साइडें इक्वल हैं और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है लेकिन इनको कॉन्ग्रुएट प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएट बताने के लिए कुछ हम क्राइटेरिया उनका यूज़ करते हैं उन क्राइटेरियों को हम इस तरह से समझेंगे इसमें हमारा आता है सबसे पहले क्राइटेरिया आता है सबसे पहला जो आता है वो है हमारा एस एस एस एस एस एस तो इसे हम क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड साइड साइड साइड साइड साइड साइड कॉन्ग्रुएंट इसे हम क्या कहते हैं साइड साइड साइड कांग्रोएंट क्राइटेरियन ओके तो साइड साइड साइड कांग्रोएंट क्राइटेरियन में क्या होता है जैसे हमारे पास मान के चलो टू ट्रैंगल हैं एक का नाम है एबीसी और दूसरे का नाम है पी ओके एबीसी एंड पी यदि हम ये दो ट्रैंगल मान के चलते हैं और इसमें जैसे ए बी हमारा पी आर के इक्वल है ए सी हमारा पी क्यू के इक्वल है और जो बी सी है वो हमारा क्यू आर के इक्वल है तो यदि हम तो इसका जो नाम होगा यदि ये दोनों कांग्रुवेंट हैं तो जब तीनों साइड इक्वल होती हैं किसी भी टू ट्रेंगल में यदि तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो एस एस एस कॉन्ग्रुवेंसी से कैसे हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रेंगल कैसे होंगे कॉन्ग्रुवेंट तो इसमें लिख देंगे क्या कि ट्रेंगल ए कॉन्ग्रुएट टू ट्राइंगल जो ए बी सी है वो किसके इक्वल है अब देखो ए बी ए बी साइड किसके इक्वल है पी आर के ए बी पी आर तो यहाँ पर आ जाएगा पी आर ओके और यहाँ पर पी आर आ जाएगा राइट right? और ए बी ए बी किसकेक्वल है पी और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा क्या है पी तो ए किसके कल है पी के है बी सी किसके कल है बी हमारा क्यू के है तो बी सी के आ रहा है क्यू और आर सेम ओके क्यू और आर एक ही बातें हैं ओके और ए सी किसके कल है पी आर के तो ये गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है तो अब हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे साइड से साइड से अच्छा अब हम एंगलों से देखते हैं तो चलो एंगल से बनाते हैं एंगल में जैसे एंगल ए जो एंगल ए है ये एंगल ए किसके इक्वल होगा तो एंगल ए किसके इक्वल होगा हमारा जो एंगल ए है वो एंगल ए किसके अपोजिट है बी के अपोजिट है जो एंगल ए है वो किसके अपोजिट है बी के अपोजिट है और यहाँ पर जो बी साइड है वो किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है और क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा है पी तो जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा तो यहाँ पर पी पॉइंट आ जाएगा अब दूसरा एंगल देखते हैं दूसरा एंगल मान के चलो सी देख लेते हैं सॉरी बी देख लेते हैं बी क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है तो बी किसके किसकेक्ल है बी हमारा ए के अपोजिट है तो एसी किसके क्वाल है एसी पीक्यू के क्वल है तो एसी के अपोजिट एंगल बी है और यहाँ पर एसी पीक्यू के क्वल है पीक्यू के अपोजिट एंगल आर है तो यहाँ पर आ आएगा और जो तीसरा पॉइंट है वो क्यू हो जाएगा इस तरह से हमारा जो ए बी सी ट्रैंगल है जो हमारा ए बी सी ट्रैंगल है वो किसके कॉन्ग्रुव होगा पी आर क्यू के ओके okay, तो पहले हम इनके एंगल के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं तो जल्दी हमारे समझ में मतलब जल्दी से लिख जाते हैं उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहती है और साइड से लिखते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसलिए आप पहले एंगल से देखो यदि कोई कोई भी टू ट्रैंगल कॉन्ग्रुएट हैं तो उनकी तीनों साइड इक्वल होंगे और करस्पोंडिंग एंगल कौन से इक्वल होंगे कि जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा जैसे कि यहाँ पर जो जो हमारी बी साइड है वो किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है जो बी साइड है वो किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है तो बी के अपोजिट एंगल ए और क्यू के अपोजिट एंगल पी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे ये एंगल हमारे इक्वल होंगे क्यों क्योंकि ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ओके तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया अब बी किसके ए अब जो हमारा ए है वो किसके इक्वल है ए हमारा पी के इक्वल है तो ए और पी इक्वल हैं, तो यदि एक दोनों ट्रैएंगल कॉन्गनुएंट हैं तो और ए और पी आर और पी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, गए के अपोजिट एंगल बी और पी के अपोजिट एंगल आर एंगल बी एंगल आर के इक्वल होगा और जो तीसरा एंगल बचा है वो तीसरे एंगल के इक्वल होगा इस तरीके से हम साइड साइड साइड से दो ट्रैंगलों को कॉन्ग्रुवेंट कर सकते हैं और उनके नाम भी लिख सकते हैं अब सेकेंड जो है वो हमारा आता है एस ए एस एस एस एस एस कॉन्ग्रुए क्राइटेरियन ओके एस एस कॉन्ग्रुए क्राइटेरियन में क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड ओके इसका फुल फॉर्म क्या होता है साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड में क्या होता है कि टू एंगल सॉरी टू साइड और उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल हो ओके तो इसका मतलब क्या है जैसे टू साइड साइडें इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल बनने वाला इक्वल हो ओके जैसे कि मान के चलो हमने ये ट्रैंगल बना लिया एक ट्रेंगल ओके ये दूसरा ट्रैंगल है कांग्रोवेंट ट्रैंगल हमेशा इक्वल होते हैं बात याद रखना कॉन्ग्रोवेंट ट्रैंगल सेम होते हैं मेजरमेंट में सेम क्योंकि कॉन्ग्रोवेंट में साइडें इक्वल होती हैं तो वो सेम होते हैं सेम साइज के होते हैं ना साइड छोटी होती है ना बड़ी होती है ओके तो अब इसका नाम यदि हम एबीसी मान लें ये हमारा एबीसी है ये हमारा पीक्यूआर है अब इसमें लिखा है साइड एंगल साइड तो साइड एंगल साइड को यदि हम सिंपली समझे तो इस तरह से है यदि हम इस साइड को ले लेते हैं ये साइड है ये एंगल है तो फिर साइड साइड के बाद एंगल और फिर साइड तो ये ये वाली साइड ये एंगल और ये साइड मतलब टू साइड के बीच वाला एंगल अब ये टू साइडें यहाँ किस साइडों के इक्वल हैं मान के चलो ए बी साइड हमारी पी आर के इक्वल है और जो ए सी साइड है वो हमारी क्यू आर के इक्वल है तो यहाँ ए बी और ए सी से बनने वाला एंगल ए और यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर से एंगल बनने वाला आर तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं यदि ये वाले दोनों एंगल इक्वल है ए बी सी ए बी और ए के बीच बनने वाला एंगल ए अब हमने ए इसका नाम जो होगा वो क्या होगा बी तो जो बी एंगल है वो इक्वल होगा तो जब हमने इसको बी लिया है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे पहले साइड आएगी तो कौन सी साइड आएगी पहले यहाँ पर अगर के हम साइड देखें तो ए बी नहीं लेंगे क्योंकि ए के बाद बी साइड आएगी ए बी के बाद हमारी बीसी हम वाली साइड लेना है तो हम बी ए साइड लेंगे तो बी ए साइड और फिर बी ए सी एंगल और ए सी साइड तो यहां पर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा पी आर साइड पी आर क्यू एंगल और आर क्यू साइड या क्यू आर साइड ओके तो इस तरह से यह हो जाएगा बी ए सी और साइड हो जाएंगी ए बी और ए सी और ये ओके okay, तो इस तरह से यदि हमारे एंगल इक्वल ट्रेंगलों में यदि ऐसा होता है कि टू साइडों उनके बीच का एंगल हो तो वे कांग्रुवेंट हो जाते हैं और यदि ये कांग्रुवेंट हो जाते हैं तो हम इनको कह देंगे कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल बाय एस ए एस कॉन्ग्रुवेंट क्राइटेरियन बाय एस बाय एस ए एस कॉन्ग्रुवेंट क्राइटेरियन जिस ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएट ओके हाँ अब इसमें एक बात याद रखना अगर कहीं टू साइडों और उनके बीच के एंगल इक्वल नहीं है तो हम इनको कभी भी ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएट नहीं करेंगे जैसे कि मान के चलो ये एंगल है एंगल ये दोनों से बनने वाला ये एंगल है और इनके बीच में एंगल ना हो मान के चलो ये वाला एंगल हो तो ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुवेंट नहीं होंगे ओके ओके तो यदि ये दोनों एंगल अगर कहीं इसके बीच में नहीं आ रहा है जैसे साइड के बीच में यदि एंगल नहीं आ रहा है तो ये कांग्रुवेंट नहीं होंगे कॉन्ग्रुवेंट के लिए हमें हारा जो एंगल है वो ये एंगल ए एंगल आर के ही इक्वल होना चाहिए तभी हम इसमें इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे इसके बाद अब हमारा थर्ड आता है एस एस के बाद एस एस के बाद आता है एएसए एस ए क्राइटेरियन एएसए ए क्राइटेरियन में क्या होता है एंगल साइड एंगल साइड एंगल ओके एंगल साइड एंगल इसका मतलब है कि टू एंगल और उनके बीच की साइड यदि हम इसी में देखें तो ये एंगल और ये वाली साइड और ये एंगल यदि ये तीनों और यहां पर कोई से भी हो ये ये ये हो या ये साइड ओके okay, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल हो मतलब उस साइड पर बनने वाले दोनों एंगल जैसे कि मान के चलो ये हमारे ट्रैंगल्स हैं एक ट्रैंगल है हमारा ए एक ट्रैंगल है हमारा पी ओके okay. इसका नाम हमने दे दिया एबीसी इसका दे दिया पीक्यूआर और ये दोनों कॉन्ग्रुएट होंगे किससे ए से तो टू एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल मान के चलो यदि हम ये एंगल ले रहे हैं ये एंगल ले रहे हैं तो अब ये साइड भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं अब ये एंगल यहां किसके इक्वल है मान के चलो आर के इक्वल है एंगल ए किसके इक्वल है एंगल आर के अब साइड साइड हम ये भी ले सकते हैं ए बी भी ले सकते हैं और ए सी भी ले सकते हैं अब मान के चलो यदि हम ए सी लेते हैं क्या लेते हैं ए सी तो जो ए सी है वो एंगल ए माना एंगल साइड और फिर हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ये कंपलसरी है यदि ये साइड ली है तो ये एंगल लेना पड़ेगा और ये वाली साइड ली है तो ये एंगल लेना पड़ेगा यदि हमारी साइड ये है तो ये दोनों एंगल आएंगे और यदि ये साइड है तो ये दोनों एंगल आएंगे इसी तरह से अब यहाँ पर आ जाओ अब ये जो ए साइड है एंगल हमें दोनों पता चलेगा तो क्यू आर होगी या पी आर केक्वल हो जाए कभी नहीं होगी तो एसी साइड हो सकती है क्यू आर के अगर एसी को क्यू के इक्वल मानते हैं तो जो एंगल है यह साइड है फिर यह वाला एंगल आएगा यह एंगल नहीं आएगा यह एंगल यदि होता है तो फिर वहां पर हम इसको ए एस ए एस ए का यूज नहीं कर पाएंगे ओके okay? तो समझ में आ गया तो एंगल साइड एंगल मतलब ये एंगल है ये साइड है फिर एंगल है ये एंगल है ये साइड है ये एंगल है ये वाला एंगल चाहे इसके इसकेक्वल हो चाहे इसके स्केक्ल हो यदि ये वाला एंगल इसके स्केक्वल है तो ये दूसरा एंगल इसके स्केक्वल होगा और ये साइड स्केक्वल होगी तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका ए का ओके ए के बाद फिर हमारा आता है फोर्थ नंबर पर आर एच एस कौन सा आता है आर एच एस इसका होता है राइट एंगल राइट एंगल हाइपोटेनस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड राइट एंगल हाइपोटेनर साइड अब इसमें हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसमें राइट right एंगल है तो जो दोनों एंगल होंगे सॉरी जो दोनों ट्रैंगल होंगे वो आपके राइट right एंगल ट्रेंगल ही होंगे क्योंकि राइट right एंगल जिसमें होगा वो उसी में हम इस आरएचएस का यूज करेंगे और जिसमें राइट right एंगल होगा वो आपका राइट right एंगल ट्रेंगल होगा तो जैसे मान के चलो एक राइट right एंगल ट्रेंगल हमारा ये है और दूसरा राइट right एंगल ट्रेंगल हमारा ये है इन दोनों का नाम इसका हमने दे दिया ए बी सी इसका नाम दे दिया हमने पी ओके okay? अब ये राइट एंगल है तो यहाँ पर ये राइट एंगल है मान लो ओके okay? यदि ये दोनों राइट एंगल हैं तो हाइपोटेनस कंपलसरी है इक्वल होना राइट right एंगल एक राइट एंगल माने राइट एंगल ट्रैंगल होना चाहिए राइट एंगल हो ही जाएगा हाइपोटेनस एंड बन साइड तो हाइपोटेनस तो कंपलसरी है कि इक्वल होना ही चाहिए अब वन साइड वन साइड माने इन दोनों साइडों में से कोई सी भी साइड इक्वल हो ये वाली साइड चाहे इसके इक्वल हो चाहे इसके इक्वल हो हम यहाँ पर आर का यूज कर सकते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट कह देंगे यदि ऐसा है तो एक एंगल 90 डिग्री का है हाइपोटेनस इक्वल है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती हैं तो हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए और इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड इक्वल हो जैसे ये वाली साइड इन दोनों में से किसी के भी इक्वल हो या ये वाली साइड इन दोनों में से किसी के भी इक्वल हो वहाँ पर हम आर का यूज कर लेंगे तो ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएट अब कॉन्ग्रुएंट के बाद कॉन्ग्रुएट समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो अब हम पढ़ने वाले हैं सिमलरिटी तो सिमिलरिटी की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर इन्होंने ये जो लिखा है कि इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएट यहां पर हम लिखेंगे इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर यदि हमारे टू ट्राइंगल सिमिलर हैं देन तब क्या होगा दियर करस्पोंडिंग साइड्स रेसो या दियर करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल इक्वल की जगह हम लिख देंगे प्रोपोर्सनल क्या लिख देंगे यहां पर प्रोपोर्सनल प्रोपोर्सनल प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि रेसो इक्वल है जैसे जो साइड है उनके यदि रेशो इक्वल हैं तो उन साइडों को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो इनकी जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और ये सेम रहेगा देअर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इनके एंगल इक्वल होनी चाहिए यहां पर साइन बदल जाएगा क्यों क्योंकि इनमें जो साइज़ होता था वो सेम होता था लेकिन अब ये साइज़ हैं मतलब ये यहाँ पर इक्वल इनके साइड इक्वल नहीं है यहाँ पर क्या है इनके रेशो इक्वल हैं और रेशो इक्वल हैं तो हमारे जो ट्रेंगल हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं अब इसमें हम जिन जिन क्राइटेरिया का यूज करेंगे उनमें से एक हमारा आता है एस इसको बिल्कुल सेम टू सेम है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें ओके अब इनको भी बिल्कुल सेम है जैसे इसमें लिखा है टू टू आर यदि हमारे सिमिलर होते हैं सिमिलर होते हैं तो तो क्या होगा तो ये होगा उनके करस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे मतलब उनके साइडों के रेशियो इक्वल होंगे और उनके करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे यदि वमिलर हैं तो जैसे मान के चलो एबीसी है ओके तो एबीसी हमारा पीक्यू के कैसा है सिमिलर है एबीसी पीक्यू आर के सिमिलर है तो एबीसी पी क्यू आर के यदि है तो इनके ये एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन यहां पर ये जो साइड इक्वल नहीं होंगे तो इनके साइडों के रेशो इक्वल होंगे जैसे एबी का रेसो पी के साथ ओके एबी का रेसो पी के साथ एबी का रेसो PQ के साथ AB का रेशो PQ के साथ इक्वल होगा BC का रेशो QR के साथ और AC का रेशो PR के साथ ये रेशो इक्वल होंगे साइडों को इनको कहते हैं प्रोपोर्शनल इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं मतलब इनके रेशो इक्वल होते हैं इस तरीके से ओके और ये सेम रहेगा लेकिन अगर कहीं इनका हम नाम चेंज करते हैं जैसा कि हमने उसमें देखा था कॉन्ग्रुवेंसी में कॉन्ग्रुएंसी में यदि इनका नाम चेंज हो जाता है ये साइन हट जाएगा यदि ऐसा होता है तो एंगल तो ये इक्वल होंगे एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होगा एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा लेकिन इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी इनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी मतलब ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू बी अपॉन पी इक्वल टू ए अपॉन क्यू इस तरह से हमारी साइडें कैसी होंगी प्रोपोर्शनल होंगी समझ में आया तो ये होती है हमारी सिमिलरिटी सिमिलरिटी में जिस तरह से यदि सिमिलर हैं तो ऐसा होगा यदि कोई भी टू ट्रैंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइडें हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल उनके इक्वल होंगे तो अब टू ट्रेंगलों को सिमिलर बताने के लिए भी हम कुछ क्राइटेरियन का यूज करते हैं उनको कहते हैं सिमिलरिटी उनको क्या कहते हैं सिमिलरिटी और ये हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास में तो हम मेन टेंथ क्लास का ही हम आपको बता रहे हैं लेकिन टेंथ का बताने के लिए हमें पहले आपको बताना पड़ा ये अब देखो यहां पर सेम होता है यहाँ पर आपका एसएसएस एस सिमिलरिटी होती है एसएसएस एस सिमिलरिटी होती है एसएसएस एस सिमिलरिटी में क्या होता है कि साइडों के रेशो इक्वल हो साइडों के रेशो मतलब ये वाली जैसे साइड हमने जो लिखी है ये इक्वल ना होकर इनके रेशो इक्वल हो जैसे कि यदि हम इसको इस तरह से देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा ए बी को ले लें तो ए बी ए बी जो है वो हमारा किस एबी ए बी साइड करस्पॉन्डिंग है एबी साइड पी आर के करस्पॉन्डिंग है तो ए बी अपॉन पी आर इक्वल टू ओके फिर सेकेंड ए सी ए सी किसके करस्पॉन्ड है पी क्यू के तो ए सी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू और फिर इसके बाद हमारा है बी सी जो बी है या सी है कुछ भी लिख सकते हैं हम बी या सी लिख दो चलो सी लिख दो तो जो सी है जो सी है वो किसके करस्पॉन्ड है क्यू के और अगर कहीं इनके तीनों के रेशो इक्वल हैं ए बी अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू और हमारा जो सी है क्या है सी बी ये हमारा B बना हुआ है तो सी बी अपॉन Q आर यदि इनके रेशो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं इनको एस एस एस से ये दोनों ट्रेंगल हमारे कॉन्ग्रोवेंट नहीं ये हमारे सिमिलर होंगे ओके ये हमारे ट्रेंगल कैसे होंगे सिमिलर यदि इनके साइडों के रेशो इक्वल हैं ओके इसी तरह से दूसरा दूसरे में लिखा है एस एस एस ए एस इसमें आता है तो एस में क्या होता है साइड एंगल साइड मतलब इसमें टू साइडों के रेशो इक्वल हों और उनके बीच का एंगल जैसे मान के चलो ये दोनों इक्वल हैं हमारा ए बी अपॉन पी आर इक्वल टू ए अपॉन पी क्यू अपॉन पी आर ए और ए सी पी क्यू ए बी यदि ये इस तरह से साइड है मैंने ए बी और ए के बीच बनने वाला एंगल ए और ए के बीच बनने वाला एंगल और नीचे पी और पी के बीच बनने वाला एंगल पी और पी क्यू के बीच पी और पी नहीं आएगा इसमें नाम थोड़ा सा चेंज है कैसा इस तरीके से देखो इसमें हमने क्या लिया ए बी पी आर ए बी पी आर और ए सी क्यू आर तो यहां क्यू आर आएगा यहां पे क्या आएगा क्यू आर यहां पर क्या आएगा हमारा क्यू आर ओके तो जो ए सी है वो क्यू आर क्यू आर के साथ रेशो इक्वल है यदि इस तरह से रेशो इक्वल है तो ऊपर जो कॉमन पॉइंट है वो ए है मतलब ए ये दोनों साइडों का रेशो इक्वल है और एंगल ए इक्वल है तो यहां पर एंगल ए यदि एंगल किसके इन दोनों में पॉइंट कौन सा है आर है आर यदि एंगल ए एंगल आर के इक्वल है ये दोनों रेशो इक्वल हैं और एंगल ए एंगल आर के इक्वल है तो हम कहेंगे बाय एस एस कॉन्ग्रोवेंट रूल से ये जो से ए संग्रोवेंट रूल है इससे एक सिमिलरिटी जो है ना उससे ये दोनों ट्रैंगल हमारे कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे तो ये होती है हमारी एस एस सिमिलरिटी और इसके बाद सिर्फ एक ही और बचता है उसे हम कहते हैं एस नहीं एए एमिलरिटी क्या कहते हैं एए ए एए एए एरिटी एए एरिटी वेरी सिंपल है, है। यदि कोई भी टू ट्रैंगलों में टू एंगल इक्वल हो तो वो आपके ट्रंगल सिमिलर होंगे ओके इसमें आर वाली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है ओके okay. इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो किसका होता है आपका ए ए सीमिलरिटी का ए ए सीमिलरिटी माने एंगल एंगल सिमिलरिटी एंगल एंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी और इसको हम ए ए भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं ए ए ए कहते हैं अब मान के चलो कोई भी टू ट्राइंगल है उसमें कोई से भी टू एंगल इक्वल है ये एंगल ए मान के चलो एंगल क्यू के इक्वल है एंगल एंगल ए ये जो एंगल ए है वो मान के चलो एंगल आर के इक्वल है एंगल सी एंगल Q के इक्वल एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है एंगल ए एंगल ए हमारा जो एंगल ए है वो एंगल आर के इक्वल है तो ये दोनों ट्रेंगल हमारे सिमिलर होंगे बाई ए ए सिमिलरिटी से ए ए में यदि ये वाला एंगल जैसे ए है तो इसका नाम हम क्या देंगे ट्रेंगल ए बी सी मान लो ए बी सी दे दिया तो एंगल एक किसके इक्वल है आर के इक्वल है तो सिमिलर लगाएगा ट्रेंगल लिखेंगे अब ए एक ही जगह ए किसके इक्वल है आर के तो यहाँ पर आ जाएगा आर सी किस स्क्ल इक्वल क्यू के तो यहां आ जाएगा क्यू आर क्यू पी तो इसका जो नाम होगा वो होगा ए बी सी इसका यदि हम नाम ए बी सी मानेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या आर पी क्यू लेकिन इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर दें थोड़ा सा चेंज कर दें मतलब ए बी सी की जगह लिख दें बी सी ए क्या लिख दें बी सी ए तो अगर कहीं हम इसका बी सी ए नाम लिखेंगे तो यहां पर जो ट्रैंगल का नाम होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और चेंज होकर यह हो जाएगा जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है तो पहले क्यू आ जाएगा एंगल सी पी के इक्वल है फिर पी आएगा और एंगल ए आर के इक्वल है तो यहाँ पर आर आ जाएगा माने क्यू पी आर हो जाएगा और इसी हिसाब से यदि ये दोनों ट्र सिमिलर हैं तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं सिमिलर होने के बाद इनके साइडों के रेशो कैसे होंगे इक्वल होंगे यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन आर इक्वल टू बी अपॉन क्यू इक्वल टू ए अपॉन आरपी आपके आरपी आर आरपी आर आर ये साइडों की रेशों हमारे इक्वल होंगे और एंगल ए इक्वल टू एंगल आर इसमें इस वाले में एंगल ए इक्वल टू एंगल आर एंगल बी एंगल बी यहां पर लिख देते हैं एंगल बी एंगल बी इक्वल टू एंगल, एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल पी अगर कहीं हमारा इस तरह से दिया गया है कि ट्रे एंगल सिमिलर है ट्रंगल आर के तो ये साइडों के रेसो इक्वल होंगे माने ए का रेसो आर के साथ होगा लेकिन अगर कहीं यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें ए की जगह बी ये कर दें तो अब यहां पर हमारा इस तरह से आ जाएगा क्या बी अपॉन क्यू इक्वल टू सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी ए अपन पी आर बी ए अपन क्यू आर हमारे ये साइडों के रेशो इक्वल होंगे ओके बी सी अपॉन क्यू पी इसमें था बी सी अपन क्यू पी सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया और कुछ नहीं है क्योंकि ट्रैंगल सेम है एंगल भी वही इक्वल है इसलिए ये दोनों सिर्फ नाम चें मतलब बी सी का सी बी हो बी सी का यहां पर बी सी है क्यू पी का क्या हो गया क्यू पी का क्यू पी रहा सी ए का ए सी का सी ए हो गया आर पी का पी आर हो गया तो सिर्फ इतना सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है क्योंकि वही वाले एंगल हैं अगर कहीं एंगल बदल जाते हैं तो ये भी बदल जाएंगे ये रेशो भी साइड का रेसो किसी दूसरे के साथ में इक्वल होगा ओके okay? और एंगल वही इक्वल होंगे जैसे एंगल ए किसके इक्वल है आर के देखो एंगल ए किसके इक्वल है एंगल आर के क्योंकि हमने यही वाले लिए हैं ना इसलिए ओके okay? और जो एंगल बी जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो आपका है वो एंगल पी के इक्वल है इस तरीके से हम यदि कोई भी टू एंगल सिमिलर होंगे तो हम इनका यूज कर सकते हैं कि इनकी साइडों के रेसो इक्वल होंगे और इनके एंगल भी इक्वल होंगे और इनका यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में ओके थैंक यू तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किसका सिमिलरिटी का सिमिलरिटी के साथ साथ में हमने आपको जो है कॉन्ग्रुएंसी भी बता दी जो कि क्लास नाइन्थ की थी उसे समझना बहुत जरूरी था क्योंकि यदि आप कॉन्ग्रुएंसी के साथ में सिमिलरिटी को समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे ओके थैंक यू